इवोलेट इंडिया ने इंदौर में अपने पहले ईवी शोरूम की शुरुआत की कंपनी ने मध्य प्रदेश का मुंबई शहर इंदौर में अपना विस्तार किया है कंपनी का मानना है कि यह इंदौर वासियों को विश्व ईवी का विश्व स्तरीय अनुभव देगा इसी के साथ ई बाइक से स्वच्छंद पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा इस मौके पर शोरूम का उदघाटन करने पहुंचे अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने कंपनी को बधाई दी इवोलेट इंडिया ने इंदौर में ईवी शोरूम की शुरुआत की कंपनी का नया शोरूम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड नाम से शुरू किया गया फिल्म, विंदुदारा ने इवोलेट, शोरूम का किया। इवोलेट इंडिया के सह संस्थापक और निदेशक चंद्रकांत के साथ शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियां इस अवसर पर मौजूद रही इस मौके पर ओनर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के आश्रय तलवार हर्षित दम्बानी और राम द्वारकानी मौजूद रहे 1800 वर्ग फुट में स्थापित नए भव्य शोरूम में इवोलेट इंडिया के हाई और लो के बेस पोनी की कीमत अपने ग्राहक को बैटरी पर तीन साल की वारंटी भी देगा जो की आई पी सिक्सटी सेवन रेटिंग है के निदेशक और सलाहकार आश्रय तलवार ने कहा कि हम इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से ईवी के लिए मजबूत और बढ़ती मांग को देख रहे हैं भारत में ग्राहक किसी भी खरीदी के पहले क्वालिटी ब्रांड, ट्रस्ट के साथ कीमत पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। हम ग्राहकों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि रसाला इलेक्ट्रिक मोटरिट अपनी ईवी उत्पादों की अत्याधुनिक रेंज के साथ ग्राहक की सभी जरूरतों को बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा करता है कंपनी की पिछले तीन वर्षों का सफर अविश्वसनीय और, और मजबूत रहा है कंपनी अपने बिक्री लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अब उन शहरों पर फोकस कर रही है जहां दो पहिया वाहनों की ज्यादा पसंद किया जा रहा है सभी शोरूम व्यक्तिगत डीलरों द्वारा संचालित तो और स्वामित्व में होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को वहन करेंगे कंपनी ने मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष दो में दस से पंद्रह तक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर यूनिट सेल करने की लक्ष्य रखा है वहीं अभिनेता दारा सिंह ने उद्घाटन पर कंपनी को बधाई दी और कहा कंपनी का बेहतर प्रयास है बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। तो ने बड़े ने आगे चल के हम सबको इस पे आना ही था तो जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है और जब हम हमारे पीएम है रोज बोलते हैं मेक इन इंडिया वोकल फॉर वोकल ग्लोबल हर बाहर से आने के बजाय इंडिया में बनने लग है, तो आई थिंक इनमें बहुत ही कमाल का काम किया है जब आर्मी वाले कुछ भी काम करते हैं तो बेहतरीन होता है एंड आर्मी के रिटायर्ड लोग जब कोई चीज़ बनाएंगे तो आप सोच लो कि उसमें कोई गलती नहीं होगी इससे मैंने हर चीज़ पूछी थी आने से पहले क्योंकि मैं कभी अपना नाम कोई भी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ता नहीं जो मुझे लगता है लोगों के लिए अच्छी ना हो आ, कुछ भी रॉन्ग हो उसके साथ तो इसमें तो कोई गलती मुझे दिखी नहीं है ऐसी चीज है है कि मुझे लगता है, आज ही हमें चाहिए। ज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशनिंग डिलिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन